इंदौर में सीबीआई टीम ने अवंतिका गैस के प्रोजेक्ट मैनेजर विजय शुक्ला को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है कार्रवाई एनएचडीसी कार्यालय विजयनगर पर की गई। बताया जा रहा है कि शुक्ला ने पैतीस हजार की रिश्वत की मांग की थी इंदौर सीबीआई की टीम ने अवंतिका गैस के प्रोजेक्ट मैनेजर विजय शुक्ला को ट्रैक किया है प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह कार्यवाही एन कार्यालय विजय पर की गयी डी अतुल हजेला के अनुसार शुक्ला ने पैंतीस हजार की रिश्वत मांगी थी पहली किश्त की, की गई थी, नगर निगम पानी की टंकी को पकड़ लिया भोपाल टीम ने बुधवार रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया अब विजय शुक्ला को सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा अभी सीबीआई अधिकारियों ने शिकायतकर्ता का नाम उजागर नहीं किया है पकड़े जाने के बाद शुक्ला से गहन पूछताछ की जा रही है विजय शुक्ला को रिश्वत लेते हुए पंद्रह हजार रूपए की कम्पलेनें से गिरफ्तार किया है। रिश्वत का अमाउंट करीब पैंतीस हजार था जिसमें पहली किस्त पंद्रह हजार रूपए की मांगी गई थी नगर निगम जो पानी की टंकी है सेक्टर चौवन रोड वहाँ पर इनको कम्प्लेनेंट को बुलाया था और रिश्वत लेता। संगीत किस्त और लहरियों ऐसी सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों ऐसी नक्सलवादियों के गढ़